बड़े अच्छे लोगों से रिश्ता था हमारा हमारा यूं ही बुरे लोगों में नाम नहीं आया अजीब बड़े अच्छे लोगों से रिश्ता था हमारा हमारा यूं ही बुरे लोगों में नाम नहीं आया सब नाम के अच्छे थे सला कोई वक्त पे काम नहीं आया